मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह ने ठान लिया है कि हर युवा को शराबी बनाना है इसलिए मध्य प्रदेश सरकार पांच पांच सौ रूपए में घर घर शराब पीने के लिए शराब के लाइसेंस देने जा रही है युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति की कड़ी आलोचना की है उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान ने पांच सौ पांच के लाइसेंस के नाम आरोप राजस्व के लिए हर घर शराब योजना लागू कर दी है मध्य प्रदेश में अब लोग अपने घरों में ही 500 रुपए का लाइसेंस लेकर अहाता बना सकेंगे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इसकी खड़ी निंदा की इस निर्णय का विरोध करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हल्ला बोला अंधेर नकबी चौपट राजा ये कहावत मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही बैठती है क्यूँकी जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ठाना है की मध्य प्रदेश के हर युवा को शराबी बनाकर ही मानेंगे और जिस तरह से पांच रुपए में हर घर मैखाना खुलने की अनुमति दी है ये सही में पूरी आने वाली युवा पीढ़ी को बर्बाद करके कर रख देगा शिवराज सिंह चौहान जी से मैं बोलना चाहूंगा कि आप हर घर मैखाना मत खुलवाइए अगर वहां खुलना चाहिए तो वहां लाइब्रेरी खुलना चाहिए प्रदेश में अगर खुलवाना है तो स्कूल खुलवाइए कॉलेज खुलवाइए आप हॉस्टल्स खुलवाइए उनको रोजगार दीजिए इससे युवाओं का भविष्य बनेगा ना कि मैखानों से इस बहुत ही